जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा जहाँ ना से रख दोगे जहाँ ना से रख दोगे वही मैं रहूँ कहा ले चलोगे वही मैं चलो कहा चलोगे वही मैं चलो यजीवन समाज चरण में तुम्हारे तू ही मेरा मेर तू ही प्राण प्यार ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे तू ही मेरा शर तू ही प्राण प्यार छोड़ छोड़े करना तुम्हें छोड़े ना किसी से कहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलोगे जहां से रख दोगे जहां से रख दोगे चलो गे वहीं मैं, मैं चलूंगा ना कोई मुला ना, ना कोई यार जी कर लो करा लो ना जो दोसे कोई बुलेना ना कोई अरे जी कर लो करा लो ना जो तेरी मरे जी कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम इसे कहूंगा डाले चलो चलो जहां ले चलोगे गयना तयन मेरी अब तेरे हाथ में सारी व्यवस्था रही हाथ में है सारी व्यवस्था जो भी कहोगे जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँ क्या जा, ले चलोगे वही मैं जहां चलो जहा दोगे तेरा के दोगे वही मैं रहूंगा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलोगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा